iPhone, iPhone, iPhone. Hello friends, जैसा कि अपना हर साल एक new series launch करता है और इस साल भी वो अपना iPhone 15 all series launch करेगा जो कि बहुत ज्यादा फॉल होगा यार। बट हम कुछ रूमर्स फीचर्स सुन रहे हैं इस वीडियो में उसी की बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप कुछ इस तरह कर सकते हेलो दोस्तों मैं हूं जयसवर भाई और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल जयसवर भाई टैक में चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों आप आईफोन की लुक के बारे में तो जानते ही है और फिर इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जो कि आईफोन 15 में होने वाले हैं तो इसके पहले मैं आपको ये बता दू की आईफोन एप्पल जो की इंडिया में इसका स्टोर ओपन हो रहा है चलिए अब रूमर्स की बात कर लेते हैं तो पहला है चार्जिंग केबल लैंड पोर्ट जो कि आईफोन आने वाले अपने ऑल सीरीज में लाइटनिंग केबल कनेक्शन पोर्ट था उसको हटाकर अभी सब सभी जगह इजीली अवेलेबल और फास्ट चार्जिंग के लिए सी टाइप कनेक्शन पोर्ट ला रहा है दूसरा फीचर्स रूमर्स यह निकल के सामने आ रहा है कलर की कलर की बात करें तो आईफोन अपना अपने कलर में हर साल कुछ यूनिक करता है तो इस साल भी आई अपने आईफोन फिफ्टीन ऑल सीरीज में कुछ साइनिंग रेड या साइनिंग ब्लू कलर रख सकता है चलिए तीसरे रूमर्स की बात कर लें कैमरा अपडेट को लेकर है यहाँ आईफोन अपने फिफ्टीन सीरीज में एक नया फीचर्स एड करेगा जो की बहुत ज्यादा फॉल होने वाला है जो की टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी को लेकर है स्मार्टफोन में पहले से ही ये टेक्नोलॉजी था जैसे कि एंड अदर, बट इस बार आईफोन भी अपने सीरीज़ में टेक्नोलॉजी लाने की सोच रहा है कर रहा है। तो देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी के आने से आईफोन के कैमरे से लेकर आईफोन के मोबाइल में जो कि बहुत गजब का उछाल देखने को मिल सकता है टेलीस्कॉप टेक्नोलॉजी में जो टेलीस्कोप लेंस का यूज किया जाता है उससे आपको 5X, 10x ज़ूम फैसिलिटी भी मिल जाएगी 15 के सीरीज में और साथ ही ये क्वालिटी भी भी आपको प्रोवाइड करेगा। तू समझा? ऑप्टिकल ज़ूम ज़ूम। इज़ मोर बेटर देन डिजिटल डिजिटल अगर की बात करें तो कोई डिस्टेंस से फोटो खींचा जा सकता है पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी जितना की ऑप्टिकल जूम में ऑप्टिकल में होगी बट ऑप्टिकल वाले केस में आपका ऑब्जेक्ट कैमरे के नियर होना चाहिए फिर तो क्या बोले बहुत ज्यादा होने ऐसे में बड़ा सख्त चौथा रूमर्स जो कि ग्लास पैनल का लेकर है और ग्लास पैनल जो कि आई के 15 मॉडल का लीक हुआ था तो आप इधर देख सकते हैं जो की फर्स्ट वाला है आईफोन का और सेकेंड वाली आईफोन प्रो का है और लास्ट वन इज आईफोन प्रो मैक्स पाँचवा यह आईफोन के फ्रेम को लेकर रूमर्स निकल के आ रहा है आपने आईफोन के सीरीज में एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील फ्रेम के बारे में सुने ही होंगे जो कि काफी चल रहा था मगर इस बार अभी आईफोन के फिफ्टीन के सीरीज में आईफोन एप्पल कंपनी टाइटेनियम फ्रेम ला सकती है जिससे कि उसकी ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ इसका लुक और लाइटनेस में बढ़ोतरी होगी से वॉल्यूम बटन बटन और होम को लेकर है volume बटन की बात करें तो यहाँ अप डाउन जो बटन था उसको आईफोन 15 के सीरीज में सिंगल करने वाला है और येट बटन के जैसा रहेगा और अगर होम बटन की बात कर रहे तो होम बटन में कुछ सुधार कर सकती है कंपनी सातों पॉइंट है दोस्तों जो कि रूमर्स नॉर्मली निकल के सामने आ रहा है और स्टोरेज और रैम को लेकर है स्टोरेज में एक नहीं अट्ठाईस और 512 जीबी स्टोरेज मिल सकता है और रैम की बात करें तो 8 जीबी और उसके ऊपर रैम मिल सकता है आपको देखने को दोस्तों प्रोसेसर चिप आईफोन के जो प्रोसेसर चिप आपकी आने वाले हैं तो खुद का भी आईफोन कंपनी मॉडल चिप लाने वाला है आईफोन 14 के सीरीज में A16 बायोनिक चिप प्रोसेसर था जो की आपकी अपग्रेड होकर आईफोन 15 के सीरीज में थ्री एम एम बायोनिक चिप प्रोसेसर होगा जो कि रियली बहुत बवाल है फास्टर है स्मूथ चलने के लिए नवा रूमर्स डिस्प्ले को लेकर आ रहा है जो कि डिस्प्ले की बात करें तो आई 14 जो कि 6.1 डिस्प्ले के मुकाबले इधर आपको बिगर डिस्प्ले 6.2 टू 15 फोन के सीरीज में देखने को मिलेगा यहां बस यही नहीं अरे कहना क्या चाहते हो अब आईफोन 15 डायनेमिक आइसलैंड फीचर्स ला रहा है अब आप, आप यहां ये यह बोलोगे की ऑलरेडी फोर्टीन के सीरीज में था तो यस मगर इस बार कुछ यूनिक फीचर्स के साथ वह डायनेमिक आइसलैंड को लॉन्च करेगा और इसमें कुछ अच्छा सुधार करेगा अब चलिए रिलीज डेट की बात कर लेते हैं तो रिलीज डेट यहाँ रूमर सामने ये निकल के आ रहा है कि तेईस अगस्त को इसी साल 2020 में आईफोन 15 का सीरीज लॉन्च होने वाला है एक्सपेक्टेड डेट है अब लास्ट वन दोस्तों अब इसके प्राइस की बात करें तो इट बी रुपीस इन इंडिया एक्सपेक्टेड है तो, रुको सबर तो दोस्तों अलविदा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को क्लिक करिए और आपका अपना सपोर्ट और प्यार देने के लिए धन्यवाद कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा अलविदा